बाके बिहारी मेरा शांत कमरिया आनंद के लाला आके बिहारी मेरा शांत कमरिया ननंद के लाला ठाकुर हमारे नटवर नागर कंदा वाला ठाकुर हमारे नटवर नागर कंदा मुरली वाला बाके बिहारी शांत नंद के लाला लगी रहे लगन हमारे समरे के चरणों में लगी रहे लगन हमारे समरो के चरणों में जपते रहू मैं नित दिन गोपाला के नाम के माला जपते रहूँ मैं नित दिन गोपाला के नामक माला बाके बिहारी मेरा शाम समरिया बंद के लाला बाके बिहारी करुणा निधान दया वन मेर श्याम है करुणा निधान दया वन मेरे श्याम है सुमिरन करो रे मनमा सुमिरन करो रे मनमा कंधा गोविंदा गोपाला गो सुमिरन करो रे मनमा कंधा गोविंदा गोपाला गो वाके बिहारी मेरा शाम चमरिया लाला ठाकुर हमारे नटवर नागर कांधा मुड़ली वाला कांधा तो सब के हैं सब उनके प्यारे हैं कांधा तो सब के हैं सब उनके प्यारे हैं बन गए प्रभु जैसा जो जी से रंग में डाला बाके बिहारी मेरा थाम समरिया नंद के लाला ठाकुर हमारे नटवर नागर क